देरे, देरे, दे तो तो तो देखे। देखे। ये है बच्चा बड़ा हो रहा है हाँ, हाँ, हाँ और ये उनके सम्मान से बहुत बहाली जो उन्होंने किया था इसको इसको आप ले और तो तो तो तो ये शासन की तरफ से हमारी जो पुलिस टीम थी उनको एक लाख रुपए इनाम दिया गया था ये सारी टीम हमारी कही है कि हम जो पैसा है वो सारा का सारा आपको एक लाख रुपए देंगे बच्चे के लिए समर्पित करेंगे फिक्स करिएगा टीम है साथ में सारे के सारे लोग थे जो अपराधियों को मारने में शामिल थे और हमेशा साथ हम लोग हैं आपके घर जाएंगे सी ओ साहब इंस्पेक्टर साहब हमेशा साथ में और भी हम लोग बच्चे के लिए जितना बेहतर है करेंगे इसकी पढ़ाई के लिए सारी चीज़ें हम लोग करेंगे माता जी